सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई हो पक्षे ही होंगे मैं केपी पी सभी का नी वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यह बंगेल का जो एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है देख सकते हो ये फ्लाई बनाया जा रहा है एलिवेटेड और यह 60 किलोमीटर का ये होने वाला है दोस्तों फ्लाई ओवर ये किलोमीटर लंबा है

तस्वीरें आप लोग देख सकते हो तस्वीरें और जो कंपनी यहां पर वर्क कर रही है वो है एडिशन एडिशन कंपनी द्वारा ये इसको बनाया जा रहा है दोस्तों और आपको बता दूं कि इसके देख सकते हैं ये पिलर कैप बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और इस पर अभी बस गटर लॉन्चिंग की जा रही है

और गटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है तो अभी आपको बता दूं कि इस एक्ट इस इसको बनने में दोस्तों करीब दो हजार पच्चीस तक ही ये बन पाएगा उससे पहले तो ये नहीं बन पाएगा तस्वीरें देख सकते हो आप लोग तस्वीरें देखो ये गाटर आ रहे हैं इस तरीके से उठ उठ के और ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है यहाँ पर

तो मशीन द्वारा किस तरीके से गाटर लॉन्चिंग की जाती है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों देखो और ये जो जगह है ये है भंगेल ये भंगेल में ही बनाया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा ये फ्लाईओवर 60 किलोमीटर लंबा दोस्तों तो अभी इस पे गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस टाइम पे

देख सकते हो हर जगह आपको मशीनें देखने के लिए मिलेंगी तो यही वर्क चल रहा है इसमें दोनों साइड में और ये जो बनके कंप्लीट होगा ये होगा सन 2025 में तो अभी इसमें इतना टाइम लग जाएगा देखो हर जगह इसमें गाटर लॉन्चिंग होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी दोस्तों और ये जहां से स्टार्ट होता है जहाँ ये ए ग्रेटर नोएडा जा ख़त्म होगा जो कंपनी कर रही है वो है एडिशन

देखो कुछ इस तरीके से ये गाटा लॉन्चिंग की जा रही है इस पे और आपको दिखाते हैं एंड तक कि यहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है क्या क्या चल रहा है वो आप लोग आगे दिखाएंगे आप लोगों को तो देख सकते हैं हर जगह आप लोगों को ये क्रेन मशीन देखने के लिए मिलेगी

इधर तो फ्लोरिंग इन्होंने कर दिया है तो साठ किलोमीटर लंबा ये पार्ट है तो इसको आगे तक दिखाते हैं इधर तो देखो फ्लोरिंग हो चुका है इसमें

ट सही कर दिया है अभी आप आपको पीछे और चल के दिखाएंगे तो पहले आगे का पार्ट दिखा देते कि आगे कितना कम्प्लीट हो चुका है कितना बन गया है वो आप लोग देखो चल के। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था पब्लिक को तो इसी वजह से ये एलिवेटेड फ्लाईवर बनाया गया है जो कि 60 किलोमीटर का होने वाला है दोस्तों

तो देखो ये क्रेन मशीन आ रही है कुछ इस तरीके से ये ला रहे हैं उठा उठा के देखो ये ले जा रही है तो आप लोगों को आगे पूरा दिखा देते हैं कहां से ये स्टार्ट होता है कहा जाके खत्म होता है पूरा साठ किलोमीटर का सेक्शन है ये पूरा दोस्तों

तो अभी आपको उधर भी दिखाएंगे चल के क्योंकि यहाँ टूटी फाटी रोड है कि इस पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से यही और ये सन 2025 में बनके ये कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों और आप लोग सेक्टर देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्टर इस पर पड़ रहे हैं इस टाइम पे

तो मैंने सोचा क्यों न आप लोगों को दिखा दिया जाए क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था तो रोड इन्होंने बंद कर रखा था तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा

चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो देखो इस पर लिखा हुआ है ना तो यहाँ पर ये उतर जाता है दोस्तों इसका वो उधर का रैंप है तो अभी ये बीच में ही बचा हुआ है ये भी कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी बन के तो ये है और ये देखो ये भंगे जाता है यहाँ से

अब हम दिखाते हैं आप लोगों को दूसरी साइड का दोस्तों तो दूसरी साइड का भी आप लोग देख लो अब ये दूसरी साइड का आ चुके हैं हम

देख सकते हो दोस्तों कि कितना ये रोड टूटा टाटा है और यहाँ पर इन्होंने पहले तो इस पर पाइलिंग की थी नीचे जमीन में होल किए थे फिर इसके बाद में पिलर खड़े किए गए उसके बाद में इस पर पियर कैप बनाए गए हैं पियर कैप बनाने के बाद में इस पर फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग करने के बाद में इस पर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है कुछ पार्ट में कुछ अभी बचा हुआ है तो इधर की साइड में तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों

आगे का बचा हुआ है आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अच्छा जगह है दोस्तों यह है भंगेल यह भंगेल में ही बनाया जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन

यहां पर रोड बहुत ज्यादा टूटी फाटी है तो अभी इसको टाइम लगेगा और ये सिक्स लेन का ये सिक्स लेन का फ्लाईओवर है दोस्तों पूरा सिक्स लेन थ्री लेन इस साइड में थ्री लेन उस साइड में है तो ये सिक्स लेन का होने वाला है तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये यह, अभी

टरिंग लगी हुई है क्योंकि फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है ये उतार भी रहे हैं तो यही वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे देखो किस तरीके से इस पर लॉन्चिंग की जा रही है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज़्यादा

चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लो तुरंत बेलाइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों तो देख सकते हो ये टीम खड़ी हुई है जो इसमें गटर लॉन्चिंग कर रही है देखो ये मशीनों द्वारा इस तरीके से आते हैं देखो ये उठाया जाएगा अब गाटर और इस पर लगाया जाएगा

तो यही वर्क चल रहा है इस टाइम पर अब उधर का भी दिखाते हैं चल के आप सभी को आप उधर का भी देख लेना तो सारे इधर आप लोग वो बता दो कि पिलर सारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं सारे पिलर बना लिए जा चुके हैं दोस्तों तब चलते हैं दूसरी साइड से दूसरी साइड से देखते हैं

कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट दोस्तों के सामने तो सूरज पड़ रहा है तो ज़्यादा चमक नहीं रहा है

क्लियर करके दिखाएंगे आप सभी को तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बंगेल का फ्लाईओवर 60 किलोमीटर लंबा दूसरी साइड में चलते हैं उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं

क्या आगे तो घूम कर आना पड़ेगा

ये ये लगी हुई है, पीआर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों जगह है है ये है भागेल, नोएडा। तो आधे कंप्लीट हो चुके हैं।, हैं बाकी चलते हैं आगे को। यार, यार यार जाम भी बहुत लग रहा है क्या किया जाए मैं सोच रहा हूँ कि जाम से मुक्ति मिल जाए

ऐसा कुछ नहीं हो रहा है देखते हैं आगे चल के कब हो जाए तो हो ही जाए ठीक है दोस्तों बाकी चलते तो रहे हैं निकल जाए तो बढ़िया ही है

चलते चले जा रहे हैं दोस्तों रास्ता मिल नहीं रहा है कहीं अब मिल जाए तभी शांति मिलेगी देखो अभी सब पे पियर कैप बनाए जाएंगे आधे पे बन चुके हैं आधे पर अभी बाकी है तस्वीरें देख सकते हो सामने का सूरज पड़ रहा है दोस्तों इस वजह से ज्यादा नहीं चमक रहा है

देख सकते हो आप लोग खुद ही यहां पर शायद ये एंड हो जाता है इसका और यहां पर हम सीएनजी भरवा लेते हैं शायद सीएनजी भरवा लेते हैं नहीं भरवा रहे हैं चलो नहीं भरवा रहे हैं हम देखो दोस्तों तो यहां पर ये

नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ये इसका बनाया जाएगा रैंप दोस्तों तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है और ये देखते चल के ये मेट्रो कौन सी है तो यहाँ पर यह एंड हो जाता है दोस्तों जो जगह थी वो थी बघेल और यहाँ से चलेंगे भागम भाग दोस्तों